भैया एक बार हाय बोल दीजिए। दी अर्पिता चलो जी हाई बोल दिया Se se se acabó. Eh, चलो पहले, चलो। подождать हाई बोल दी है हेलो बैठ के गाड़ी है जिस आगे गाड़ी से अगर पीछे आ का गाड़ी, और हमें रिप्लेस बैठो बाबू जो बैठेगा वो बैठो ये? मेरा। सीतानंद ब्लॉक हाँ। तो सारा प्यार बुला रहे हैं। चलिए भैया। <laughs> बिल्डिंग पर चॉपिंग काट रही बात क्या मजा आ रहा है भैया बहुत मजा आ रहा है जी <laughs> नहीं नहीं नहीं शादी कर पहला बार बार बार बार जीवन में शादी बोला। बोला। बोला।, बोला बोला बोला आज मैं आया हूं अपने घर में बोला। बोला। ऐसा लग रहा है कि हम कार्यक्रम में इतना प्यार आशीर्वाद सबों का मिल रहा है इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को बराती सराती गांव के आसपास के जितना गाँव सब है हो होगा कहना गाना पहले बया हवा काम कर रहा है और मैं इनका जिला से रहने वाला हूं और मैं बहुत बहुत आदर करता हूं अच्छा क्या बोले है हूं और ये सुबह से मतलब पापा क्या अरे खबर बात वाले के बन रहा है उसका है मतलब जान जाने दे और मतलब वाला की तभी कोई पता सब अच्छे रहेगा हां परवा की और अपना गलती खिए और मीर का खिलाड़ी पर चला ये तो